नहीं रात राती है मोहब्बत की नहीं जाती मोहब्बत आज नहीं है किसी की आँखों से किसी की पाँवों से किसी की चाक से किसी की आँधी से आये दिल खुश नहीं है बहुत ज़्यादा दिल बाजी है आये दिल